बनल रहा जागल रहा भैया जागल रहा सो गई सूरजा दीमा बनी सो में सूरजा दीलावली सोम में जगल रहा तो जगल रहा जिसम होकर में जिसम देखा तो पूरा होते कथित पूरा होते जाते आई बचल देखा तो पूरा होते कथित पूरा होते जाते सूरजा दुला बने आम सोन के लगे सूरज दुला बने सोन के में जगल रहा, तो मैया कारणी करती कर कर प्रभु में पल रहा प्रभु में बनल रहा प्रभु में बनल रहा तुम्हें बुझू बनल रहा सोमे आओ सो तैयार रहा में बनल रहा, तो बनल रहा, सो रहा आत्मा में जगल रहा, तो रहा सोला बनल रहा तो बनल रहा